मैं विनोद कैनी आज जो वीडियो लेके आया हूँ यहाँ पर LG का एल मॉडल का ये पावर बोर्ड है ठीक है इसमें क्या फॉल्ट है मैं बता देता हूँ आपको पहले हम स्टार्ट करके देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इसमें आप देख सकते हैं मैंने पावर ऑन जम्पर है वो फाइव वोल्ट के साथ शॉर्ट किया हुआ है देट मीन अभी मैंने ऑन कर रखा है टीवी को क्या आउटपुट सप्लाई स्टैंड बाई सप्लाई चेक कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइव वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई ओके है ओके okay? और क्या बारह वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं बारह वोल्ट प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर सोलह वोल्ट आने चाहिए थे ये भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर चौबीस वोल्ट आने चाहिए थे वो भी प्रजेंट नहीं है हमने पावर ऑन कर रखा है ठीक है so, सो आखिर दिक्कत क्या है कि जिसकी वजह से यहाँ पर पावर ऑन नहीं हो रहा है तो अभी मैं ये जंपर निकाल देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम चेक करेंगे इस चीज़ को पहले मैं आपको ट्रेस करके बता देता हूँ कि पावर ऑन यहाँ पर किस तरह से कनेक्टेड है यहाँ पर ये यह रेजिस्टेंस है जो कि टेन के का है टेन के का रेजिस्टर मॉसपेट के बेस में जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है थीके? जो मॉसपेट का सोर्स पिन है वो ग्राउंड है यहाँ आप देख सकते हैं ओके और जो ड्रेन पिन है वो कनेक्टेड है ऑप्टोकपलर के कैथोड पर ओके और ये एनोड है सो so, होता क्या है कि जब गेट पल्स मिलता है तो ये जो ग्राउंड पॉइंट है ये और ये पॉइंट ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं दैट मींस ऑप्टो को ग्राउंड मिल जाता है ठीक है जब ग्राउंड मिलता है तो यहाँ पर आउटपुट में ये कलेक्टर और एमिटर है फोटो ट्रांजटर का जब इंफ्रारेड लाइट जलती है इस पर तो ये काम करता है तो देख लेते हैं जब जिस समय पे हम यहाँ टच करेंगे उस समय कपलर काम करता है कि नहीं पहले मैंने ये ऑन कर लिया है मीटर को वोल्टेज की रेंज में रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं ग्राउंड कॉमन कर लेता हूँ ठीक है अभी पावर बंद है Uh, that means हमने पावर ऑन नहीं दिया है इट इन दिस केस ये चौथा नंबर जो कलेक्टर पिन है उस पर मैं अभी वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं 17 वोल्ट आ रहे हैं ठीक है तो आप खाली टच कीजिए 5 वोल्ट दीजिए इसको पावर ऑन को तो ये जीरो वोल्ट हो गया यहाँ पर ठीक है अभी आगे सर्किट हम देख लेते हैं किस तरह से है अभी हम ये चार नंबर का ऑप्टोकपलर uh, है कलेक्टर uh, पिन उसको ट्रेस कर रहे हैं किस तरह से कनेक्टेड है अभी यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का बेस है जिसपे ये सप्लाई जब uh, जिस समय स्टैंड बाई होता है तब सत्रह वोल्ट रहते हैं जिसमें ऑन हो जाता है तब ये जीरो वोल्ट हो जाते हैं यहाँ पर बेस पे तो जीरो वोल्ट होने से यहाँ पर जो कलेक्टर पे वोल्टेज ऑलरेडी है ठीक है ये कलेक्टर पे वो वोल्टेज यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं ये कलेक्टर पे ही कनेक्टेड है दूसरे ट्रांजस्टर के जो कि रेगुलेटर है ठीक है जिसके बेस पर एक जीनर है और एमिटर से आउट हो इस आईसी को सप्लाई जा रही है ठीक है किस तरह से जा रही है यहाँ से ओके और ये आईसी जब ऑन होती है उसके बाद हमें 12 वोल्ट 16 वोल्ट और चौबीस वोल्ट मिलते हैं जो कि ये एस एम पी एस से निकलेंगे इस एस एम पी एस से सॉरी ये एस एम पी एस से और ये रेक्टिफायर डायोड्स हैं जिनके थ्रू आपको ट्वेंटी फोर वोल्ट और सिक्सटीन वोल्ट आपको मिलेंगे सो ये आपने देख लिया कि किस तरह से पूरी सर्किट बनी हुई है अभी हम देख लेते हैं क्या पी एफ सी सर्किट काम करती है क्या जिस समय पे हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पर मैं अभी शॉर्ट ही रखता हूँ इसको अब मैं पावर दे रहा हूँ और वोल्टेज की रेंज में यहाँ पर माइनस और प्लस यहाँ आप देख सकते हैं 331 थर्टी वोल्ट बन रहे हैं जबकि मैंने पावर ऑन दे दिया है तो यहाँ पर 390 नाइन्टी वोल्ट थ्री वोल्ट से 390 नाइन्टी वोल्ट बनने चाहिए थे तो ये नहीं बन रहे तो अभी हम पी एफ सर्किट किस तरह से बनी हुई है वो दिखा देते हैं आपको तो हमेशा एवरी पावर के साथ आपको इसको डिस्चार्ज करना है वरना आप जो ओके सर्किट है उसको भी खराब कर दोगे अभी मैं आपको वो सर्किट बता रहा हूँ जो सर्किट यहाँ पर ये जो मैंने सब कुछ लगा रखा है लोड के लिए लगा रखा है यहाँ पर मैंने पाव, आ, पावर सप्लाई जो है उसके आउटपुट को लोड देने के लिए यहाँ सर्किट रखी हुई है ऑन होने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये ऑन हुआ है सो so, यहाँ पर दो पीएफसी के ट्रांसफॉर्मर्स दिख रहे हैं दो मॉसपेट्स हैं और दो डायोर्ट्स हैं ठीक है दो so, ये दो सी के कंट्रोल के थ्रू और ये ड्राइव के थ्रू जो कि दो ड्राइव निकाल रही है आईसी इसके थ्रू आउटपुट निकल रहे हैं तो इसकी हम पहले सप्लाई पिन ट्रेस कर लेते हैं कि सप्लाई पिन कौन सी है जो है इसकी फर्स्ट पिन यहाँ पर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ 12 नंबर पे सप्लाई जो है वो इस ट्रांजिस्टर के थ्रू क्यू वन के थ्रू कलेक्टर के थ्रू आउट होकर यहाँ पहुँच रही है और एमिटर पे सप्लाई इस ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर इनपुट होता है और कलेक्टर आउटपुट होता है सो so, यहाँ पर इनपुट और ये आउटपुट है हम ये ट्रांजिस्टर पहले चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रांजिटर ओके है पी एन पी ट्रांजस्टर के हिसाब से ये P टर्मिनल है तो नहीं बता रहा कुछ भी और ये भी P टर्मिनल तो पी एन पी में ये जो ट्रांजस्टर है ओपन बता रहा है अभी इसकी जगह हम दूसरा ट्रांजस्टर पहले लगा लेते हैं और उससे पहले हम आपको सप्लाई दिखा देते हैं कि क्या सप्लाई आ रही है यहाँ पर मैंने पावर फिर से दे दिया है और ये ग्राउंड पिन मैंने कनेक्ट कर दी है और ये जो ट्रांजिस्टर है इसके इस पॉइंट पर एमीटर पर आप देख सकते हैं 12.5 वोल्ट आ रहे हैं बेस पे पाँच वोल्ट है पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर ये दोनों में पॉइंट सिक्स से ज़्यादा कुछ भी वोल्ट हो तो ये एमिटर और कलेक्टर शॉर्ट होना चाहिए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉइंट वोल्ट है दैट मीन्स हमें आई के बारह नंबर की पिन पर भी 0.5 वोल्ट वोल्ट मिल रहे हैं, so, मतलब हमें सप्लाई 12 वोल्ट यहां पर आउट नहीं कर रहा है अभी हम ये बदल देते हैं, तो हैं यहाँ पर ये ट्रांसटर है हमारे पास ठीक है हमने ये दूसरा ट्रांसटर लगा लिया है तो यहाँ आप देख सकते हैं आप क्लोजअप से दिखा दीजिए ट्रांसटर को जो कि क्यू वन ज़ीरो नंबर का है अब हम चेक कर लेते हैं ये ट्रांसटर को पहले PNP एन पी ट्रांसटर दैट मीन्स एन जो है बेस पे रहेगा पी यहाँ पर और हम डायोड टेस्ट में रखते हैं मीटर को यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट और ये पॉइंट फाइव तो, तो ये PNP एन है जिसके एमिटर पे सप्लाई इनपुट होगी और कलेक्टर पे आउट तभी होगी जब यहाँ पे सप्लाई जो होगी पॉइंट सेवन से ज़्यादा ठीक है पॉइंट सेवन वोल्ट से ज़्यादा अगर जो हो सप्लाई तो ये कंडक्ट करेगा ट्रांजिस्टर और एमिटर टू तो कलेक्टर current वोल्टेज हो फ्लो होगा करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज इसके साथ फ्लो होगा ठीक है तो यहाँ पर एमीटर इनपुट रहेगा कलेक्टर आउटपुट फॉर पी NPN के उटपुट ओके okay? दोनों चलेगा आ, इसके बीच में डिप्री लेर रहता है जो की टूट जाता है जब बेस पे पॉइंट सेवन से अधिक कोई वोल्टेज पहुंचता है ठीक है सो ये आपको पता चल गया अभी अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने कनेक्शन जो है सो so, यहाँ आप देख सकते हैं ये कनेक्शन हमने आ, कर दिया है और वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहां आप देख सकते हैं सर्किट भी चालू हो गई है और पहले हम यहाँ पर पीएफसी सर्किट के वोल्टेज देख लेते हैं ये ग्राउंड है और ये सप्लाई है सो so, यहाँ पर 386 एटी वोल्ट बन रहे हैं और हम ये के कलेक्टर पे भी देख लेते हैं यहाँ ये का कलेक्टर का पॉइंट 11.7 वोल्ट डिलीवर कर रहा है इस आई को ठीक है इस आई सी की स्प्रिन को ओके okay? जो कि एमिटर से इन होकर ये जो 11.7 बता रहा है ये एमीटर से इन के कलेक्टर से आउट होके इस आईसी की 12 नंबर की पिन तक पहुंच रहा है इस आईसी का जो नंबर है आ, मतलब लोकेशन नंबर U601 है और आईसी का नंबर है यो। और इसका काम है आ, दो चैनल के जो मॉसपेट है दो एन चैनल के मॉसपेट को ड्राइव करने के लिए आउटपुट डिलीवर करना जिसकी सप्लाई एबसेंट थी अभी हम सभी सप्लाई चेक कर लेते हैं यहां मैंने पावर दे दिया है टीवी को और वोल्टेज पहले देख लेते हैं हम सारे जो वोल्टेज है यहाँ मैंने लोड के लिए जो कनेक्शन कर रखा है वो यहाँ पर ड्राइवर आपको दिख रहा है सभी तरह के जो वोल्टेज है उनको हमने लोड दिया है यहाँ मैंने 16 वोल्ट से स्टेप डाउन कन्वर्टर के थ्रू 12 वोल्ट बनाया है इस यूनिवर्सल बोर्ड को चलाने के लिए यहाँ पर ये 12 वोल्ट लोड हो जाएंगे बिकॉज ये 12 वोल्ट टिकॉन के लिए होते हैं इस टीवी के अंदर जो कि मदरबोर्ड के थ्रू मॉस्फेट के थ्रू डायरेक्टली टिकॉन बोर्ड में जाएंगे फ्यूज पर और वहाँ से डीसी टू डीसी आईसी आई वर्क करेगी और 12 वोल्ट कहीं नहीं जाते हैं तो ये 12 वोल्ट के करेंट बहुत कम होते हैं कि इसमें हम ये जो जितने भी बक रेगुलेटर्स हैं जिनमें से पहले जो बक रेगुलेटर है वो बारह से पाँच वोल्ट बना रहा है ना सो तो, वो बकर रेगलेट रेगुलेटर जो है बारह से दस वोल्ट बना देगा इसको तो हमें वहां से बारह वोल्ट नहीं देकर यहां से सोलह वोल्ट जो है आ रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं वोल्ट से ये मेरा स्टेप डाउन है, जिसके थ्रू मैंने आउटपुट बनाया है यहां आप देख सकते हैं ट्वेल्व पॉइंट फोर वोल्ट बता रहा है जो कि इन फोकर इस यूनिवर्सल बोर्ड के थ्रू आउटपुट यहाँ पर एलवीडीएस पे आप यहाँ देख सकते हैं 12 वोल्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा और एलवीडीएस के थ्रू टीकॉन बोर्ड तक और हमने 24 वोल्ट यहाँ से दिया है इन्वर्टर बोर्ड को आप यहाँ देख सकते हैं 24 वोल्ट ड्रॉप नहीं हो रहे हैं मींस पीएफसी सर्किट अगर जो सही है तो यहाँ पर ये सभी वोल्टेज जो है ड्रॉप भी नहीं होंगे और पूरी सप्लाई बनेगी तो ये आ, बोर्ड में आपने जो देखा वो पीएफसी एफ फॉल्ट था जो हमने रिपेयर करके आपको बताया सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए वीडियो के नीचे लाइक बटन है और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाना चाहते हैं तो सैर बटन का यूज़ कर सकते हैं सैर कीजिए कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और अब तक मेरी चैनल सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब भी कर दें वीडियो के नीचे ही लाल कलर में बटन में आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा आपको उसे दबाना है और घंटी का जो निशान है उसी उसको भी दबा देना है ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे और दोस्तों कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा आगे आने वाले टाइम में मेरी एक ट्रेनिंग है जो चंडीगढ़ में है जो बीस सेप्टेम्बर को है जरूर आइए आप सभी जो टेक्नीशियंस चंडीगढ़ में रहते हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल में रहने वाले सभी टेक्नीशियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को अपडेट होने का एक मौका दीजिए ये कोरोना काल में जब आप अभी फ्री बैठे इस समय पर आप अपने आप को अपडेट करने का काम कर सकते हैं वहाँ आके आप ट्रेनिंग लीजिए और अपने आप को टी के इंजीनियर से एल ई के इंजीनियर में कन्वर्ट करने के लिए आप आ जाइए आपकी ज़रूर मैं मदद करूंगा वहां पर और अच्छी ट्रेनिंग देकर आपको भेजूंगा ताकि आप अपने वहां पर जाके अच्छा काम कर पाए शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स लॉट बाय